<N>., ये ये ये बादल बादल की की चादर चादर फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल चल चल ये बादल की चाल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे। फलक तक तक चल चल चल साथ मेरे वो चौबारे ढूँढे जिनमें चाहत की ढूँढे सच कर दे सपनों को सभी बाहर के छत हो दुआ के रहे फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल हुई हैरारत रातों को करे शरारत बैठा है खिड़की तेरे अरे इस बात पे चांद भी बिगड़ा कतुरा कतुरा